ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस घटना को लेकर लेकर केवल बल्कि पूरा देश इसको हैरान वहीं प्रधानमंत्री गृह मंत्री और के मंत्री ने ट्वीट करके इसको लेकर दुख जताया और इस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजे देने का भी ऐलान किया है ये हम सभी जानते हैं की मच्छु नदी पर बनाया केबल ब्रिज काफी पुराना था इसे हेरिटेज ब्रिज में शुमार किया जाता है इतना ही नहीं ये पुल काफी पुराना था जिसके कारण इसकी मरम्मत के लिए करीब सात महीने तक ये बंद था लेकिन दिवाली के बाद गुजराती तो खोला गया था जिसके बाद खास बातें थी जो इसे सबसे अलग पुरानी है तो आइए इसकी खासियत जानते है जैसे मोरबी का ये जो झूलता हुआ पुल है वो एक साल से ही ज्यादा पुराना था और इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये लगभग फीट है। 20 फरवरी को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल के हाथों स्कूल की नींव रखी गई थी आपको ये भी बता दें कि स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो कल का बताया जा रहा है यानी कि रविवार का जिसमें कई लोगों को पुल पर कूदते और दौड़ते हुए देखा जा सकता है इस दौरान ये झूला पुल काफी तेज़ दिख नदी में गिर गए इसका वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आपको बता दें की मोरबी में मच्छू नदी पर बने इस पुल पर रविवार शाम सात सौ ऐसी पांच सौ लोग मौजूद थे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होने के चलते केबल के